साथियों नमस्कार भारत भारतवर्ष त्योहारों का देश है यहाँ एक त्योहार कई संस्कृतियों परंपराओं और तमाम प्रकार की रीतियों की झलक प्रस्तुत करते हैं होली शीत ऋतु के उपरांत बसंत के आगमन का और चारों ओर रंग बिरंगे फूलों का खिलना होली के आने की ओर इंगित करता है संकेत करता है होली का त्यौहार प्राकृतिक सौंदर्य का पर्व है होली का त्यौहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है होली से ठीक एक दिन पहले की जो रात्रि होती है इसमें होलिका दहन होता है मान्यता है कि इस दिन स्वयं को ही भगवान मान बैठे हिरण कश्यपु ने भगवान की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र बताइए अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जला लेने की प्लानिंग की थी लेकिन धन्य है भगवान विष्णु जिन्होंने अपने परम भक्त पर अपनी कृपा की और प्रहलाद के लिए गए बनाई गई चिता में स्वयं होलिका को ही जल करके मरना पड़ा तुलसी बाबा ने भी कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधी यदि आप किसी दूसरे के लिए अशुभ सोचते हैं उनके लिए यदि आपके मन में अमंगल की कामना करते हैं उनके मार्ग में यदि आप शूल बिछाते हैं तो परमात्मा आपका हित कभी कर ही नहीं सकते हैं इसलिए आपको एक यहां पर हम फ्री की मुफ्त की एडवाइस देते हैं सलाह देते हैं कि आपके अंदर जो भी ईर्ष्या जो भी द्वेष, जो भी घृणा जो भी क्रोध जो भी लोभ रूबी दानव परिपोषित हो रहे हैं होलिका दहन के दिन आप उनको भस्मीभूत करिए कैसे करना है तो यदि आपको आपकी राशि पता है यदि आपको आपकी राशि पता है तो हमारे इस चैनल पर 12 वीडियो पड़े हुए हैं कि आपको क्या दिव्य प्रयोग करने हैं कि आपका भाग्य जागे और दर्शकों ये जो वीडियो है इसमें हम होलिका दहन का मुहूर्त वगैरह भी बताएंगे तो इस मुहूर्त में भी आप लोग शुभ प्रयोगों को उपायों को जो हम उसमें बताएंगे कर सकते हैं दर्शकों होलिका दहन के ठीक अगले दिन रंगों से खेलने का देखिए प्रचलन भी है और इसे रंगावली होली और कहीं कहीं इसे दुल्हडी भी कहा जाता है इस बार होली दो में पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाएगी और इसका आरंभ कब होगा तो देखिए 9 मार्च को पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है तीन बजकर तीन मिनट से होलिका दहन का जो मुहूर्त है ये 9 मार्च सोमवार दिन रहेगा नोट कर लीजिए अट्ठारह बजकर 22 मिनट से लेकर के बीस बजकर उनचास मिनट तक का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है होलिका दहन का ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है इसमें होलिका दहन जो है आप लोग कर सकते हैं भद्रा पुच्छ का जो प्रारंभ होगा भद्रा पुच्छ का प्रारंभ होगा नौ बजकर सैंतीस मिनट से दस बजकर 38 मिनट तक की तथा भद्रा भद्रामुख का जो प्रारंभ होगा ये दस बजकर अड़तीस मिनट से बारह बजकर उन्नीस मिनट तक की रहेगा जिस दिन होली खेलनी अर्थात रंगावली तो ये दर्शकों दस मार्च को खेलनी है एक बात और दर्शकों मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातक होलिका दहन से लेकर के होली के दिन क्या क्या ऐसे दिव्य प्रयोग करें किन कलरों का उनको प्रयोग करना है आपको अपने तिजोरी में क्या रखना है कि आपके जीवन में आ रही रुकावटें चाहे वो करियर रूपी हो चाहे वो धन रूपी है वो सॉल्व हो और ये जो 2020 है आपके लिए यादगार वर्ष हो जाए आप सभी राशियों का इंडिविजुअल वीडियो हमने बना करके अपने चैनल पर प्रसारित कर रखा है आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं कमेंट में भी हमने डाला है आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं होली दो के नाम से वो प्ले बनी हुई है उसमें आप लोग जा के देख सकते हैं होली की अविरल शुभकामनाओं सहित मैं ज्योतिर्विद आशीष वक्त अब आप सभी से अनुमति लेना चाहूंगा तब तक के लिए शुभ होली